जानवर में कहाँ फलना होगा राना जिंदा राना रातु राना कुछ राना मनुष्य राना उन्हें तुम्हारा राना जो क्या है ओम नाथ राना मंगला राय नमः ओम नाथ राय ओम केदारनाथ शंकराचार्य नमः श्रीमान हां मुगला मूत्र एवं आप में जान लीजिए ओम सुखस्थ एकलंब से बुढ़ावुढ़ा का हर मुद्रा से बुढ़ावुढ� सर्व सर्व सर्व शुक्ला शशिवर्णन संग्नवीपये नंगलवा श्री सबे त्रम्बे नारायण नमस्त्री सर्वेष्वेश्वरा श्रीलिंगोपर श्रीलक्ष्मीनारायण नमः हेतार्थ धर्माय नमः कार्यय नमः सिदिनमनाय धर्माय नमः तस्य यमः इति तदेव नमः धनवहा धनवहा धनवहा स्थानयता धर्माय नमः वास्योताय नमः धनवहा परिदेवताय नमः आदित्यदिनानाय नमः श्री सतगुरुतराय तवये नमः हेतकर्मप्रधानाय श्री सर्वतत्त्वमूलश्री गुरुतत्त्वयुक्त सामसदाश्वय नमः निर्विरामस्तु पदसंताप नकोजा بيت کولا کوجا بيتنس वहां पे जैसे गारंटी अम्मा अम्मा वाले गुरुवर ने पावर यूज तो हो गई सबमट के हो सुबह आपको ओम परम तत्वम ओम इस मंत्र को करने के लिए कहा जाता है वो जिसको आपने संपन्न किया है अभी उसके बाद संकल्प होगा हाथ में अक्षत लीजिए ओम स्वाहा नमः लेजो नमः हो दया करो महाराज जी महाराज जी क्ष चतरी पौर्णिमायाशिष्टाया शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपद प्रभातसो अपने अपने बोतल अपना और नाम का उच्चारण कर रहे हैं सारा नाम है बोतेदहारा नमः देसया नमः यां केन करते हैं जैसा मैं कहता हूं वैसा करते रहिए इधर तैयार हो गया तो बोलवा पुनः कार्येश्वर कृतेर्थम मम सेवा सेवा धैर्य धैर्य उदयया आयु आरोग्य ऐश्वर भृद्य धर्म काम चतुर्धा सिद्ध्यर्थ इकताम सिद्ध्यर्थ मत दुर्भाग्य शाथ्य समस्त शुभ सौभाग्य प्राप्त स्त्री सांग सदाशिव प्रसादन सकुटुब से ध्यान वैराग्य मोक्षाथिवर्ष प्रयुक्त गुरुपूर्णिमा पुण्य गुरुदेव तत्विताय पुष्पम अक्षंतम मानव देवता आज जुड़िए आपातार वस्तरां बोध ब्रह्मा नमः ज्योतिष्पति मेस्पा इति लिलोनि दुरा रिकॉर्डिंग शुरू रिकॉर्डिंग शुरू स्तोता लुक्ता नेमिष ईशायसमुद्राणु वाकं संधायेति चित्तस्य नृदनमः विप्रा नृधिते शिवम पुष्पा त्वं हिन्तप कराही श्रीकर हाथो स्थित लिए चंद्रकोणीय वरेखा जं धेदरं भूषणं आङ्गला जटायां रोन्धत्तमोली गरुड त्रियम उदारा उताराङ्गं ताराह तारह रोक्षोक्षणं खदावय हस्तं च हयनाच वरच्छदम् तथा नन्वनाद वलयं केरु आङ्गतं मुद्राकं व्याप्रचर्म महापुरीनां वृत सिंहासनस्थम् ने सर्वत्र तप मूर्त श्री बुरुतप्रयुक्त आत्म शक्ति उमा महिप्रार्थ धान्य महा रत्न सिंहासनार्थ अच्छा तप उत्पन्न समर्पयां ही उत्पन्न जलांजी है आज महिंगे जलांजी है गंगा ये सर्वत्र गिरते रोग यहां प्राण संयार धर्म महा दो यमेंद्र उसको गर्ष्पर धमकाते हैं धमकाते बुरिया धाम महा सर्वत्र � जल चला दीजिए। लिंग के ऊपर जल चला दीजिए। फिर एक बार। सर, चंद्र लगे हैं ना, पुष्पे हैं ना, चंदन हैं ना, सुनहरे ना, अर्धन बुहाने देव रेश्यो, मध्यम में इतना अंगूर, फिर एक बार जल चला दीजिए। सर, वह तब मूल श्री भूतका एक तो सांग सलाह दिखाएँ महा अर्धन समर्पण आने। हाँ, मैं � में जल देता उसमें को में में प्रयुक्त, नमः, पात्रो अक्षत त्यौहार में कसौस की रस्ते युवरके जो सुपरुपोषी शंकरा मधु परतंग लगना तासे सुप्रभ महेश दर्पत तमोल श्री गुरुदत्त पुत्र का सामराज बायना मधु परतंग धमर प्रयामी तेरे का शित्रा ही है परिवार तो नहीं गुरुदत्त एक बार मधु लग पर या आसमान में काम रहते हैं न सुप्रभ मिंगारे प्राण जगत को दे तो दर्पत तो तो � अल्लादिनीय आत्मानी तमे मां वरोह वासितम ज्ञायते मना भक्ता निरंभीत्रतया विभो सर्वतत्वमूले धूतत्वयुक्त समसारज्ञा नमो शुद्धोदकस्थान भवनप्रानी एकैक आत्मजल पात्र में छोड़ दीजिए सारान्तर आसुलीन भवपय राहे थोड़ा बड़ा जल एक एक बूंद ऐसा सब में लिया 720 रेड कार्ड रेड कार्ड तो अम्मा एक एक बूंद जल चलाए पुस्तक से चलाइए शिवरिंगम बहना प्रस्पंतो नील चालने नील रिया गने ओम आपो हिस्तावल बोस ताना बुर्जे सदा तरा महिरा ऐसा से दो बस बदल मोसत सदा भाजे चाहा हाहा उठो तीरी बांध रहा आत्मा रिंग मामूल ऐसे ख्याल इन्द्रा था आपो मोजना या धागना हाहा सुधोरत स्कान्ध समर्पियाँ नी अच्छे अच्छा महा क्ष समत चढ़ा दीजिए आपको आपको यदियों को दिया गया है को पुरा नमः समर्पयामि एक एक पात्र पात्र में पात्र में यज्ञोपीत सहज ब्रह्मण निर्मित आयुषाश्री गुण्क्तिवाय नम्पीता है ताँ ताँ तो श्री तो अच्छा, अच्छा, अच्छा मानिदान तो तो श्रीकंठनोक्तिवाय करें मूल श्री अभी दो दो है है अगर आपके पास तो या अक्षत्र अक्ष नाम शिवलिंग ओम शिवाय नम पाद पूजया नम उपो पूजयानी पूजया नम चंघ नम ओं पूजया ओम हराय नम जंगं पूजयामी ओम ईश्वराय नम गुम पूजयामी ओम स्वर्ण रेतसेस नम कूजयामी ओम महेश्वराय नम नाभ पूजयामी ओम परमेश उदरम पूजयामी ओम स्फटिकाभरणा नम वस्थल पूजयामी ओं त्रिगुरहंत्रे नम बाहूं पूजयामी ओं सर्वाश्रधारिणे नम हूजयामी ओं नीलकंठाए नम कंठम पूजयामी ओं वाचस्पत नम मुखम पूजयामी ओं त्रियांताय नम नेत्रा पूजया ओम भारतचंदाय नम सड़ाक पूजया ओं गंगाधराय नम कपांडलम पूजयामी ओम सदाशिवाय नम शिव पूजया नम सर्वाण्य नंगा पूजया ओं निखिश्नय नम ओम वृद्धाय नमः, ओम संबुधने नमः, ओम अग्रियाय नम ओं सिद्धाशर्म प्रभुमुखा नमः, ओम प्रथमाय नमः, ओम मंत्राताय नमः, ओम आषदे नमः, ओम सर्वतत्व्याम अजिराय नम ओम तपस्न्ेय नम ओम श्रीघ्रियाय नम ओम सिद्धिप्रदाय नम ओम शीध्याय नम ओं पंचभूत शराय नम ओम पूर्णियाय नम ओम अवस्त्याय अगर अना अवट ऐपल आईपल ही लास्टअना उन शूट इधर अंत रू रहा मना का विरहाले के पेस अभी ना मैं कंदूर दिल्ल चपनाना ओम रत्नतेजस् अद्भुतौ वन्डा जंमलो वन्डा ज्येष्ठ मनोहरः आग्रय सो देवराम भूकोहं कृते दुजराम सर्वतत्त्वमूल श्रीभू उत्पयित सामर्थरा हि नमोहा भूमाद्दातया नित्यं यं कीम परमोचित्त करे साझेबाबु देख रहे हैं यूपी कंपनी ना यूपी कंपनियाँ ये पंद्रह हजार रुपए क्या करों पे दूंगा हम सर्वतों का मुझे फिर बोलते हैं कि तुम सर्वसाधु हो या ये पंद्रह हजार हमें आप लोगों ने रिपोर्टिंग कॉलेज साझा किया है तो इसको जल्द हमारे नहीं है जब कोई तांग दे अगर भक्ति में इतना अंग्रो शिवे सिदंजरा स्वाह ओम प्राणायानाय नम ओम पुराण नम ओम सामनाय नम ओम ब्रह्मणे छोड़ दीजिए नैरे मध्य पानीयन सामर्पया उत्तराभर्पयाक्षारमर्पया तो तो आपके पास पान दिया है उसपे सुपारी है तांबूल के सामने रखो को दूर पड़ा जी अभीूलमी शिवलिंग अभी आप जिस कपड़े पर स्थापित किए हैं, एक है। एक है। हैं।, हैं पर साइड में स्टार स्टार है, है, कहते हैं, उसमें जिस पात्र में काले चित्र रखे हैं उस चित्र पर स्थापित करें। और दूसरा तो उस के के का बट पैना दाने पैन नोट तो पात्र पैन आ स्टार पैना, पैना, पैना। अभी आप एक बात याद रखें यहाँ पहला ओम परम तत्व ओम माला लिखा है पहले पहले पेज पर पहले पेज पर लिखा है उसको माला नहीं केवल बार बोलना है ओम ओम, ओम वो बोलने के बाद जो आप मंत्र दिया है वही मंत्र की विशेषता है जिस इस शिवलिंग में सांबर शिव स्वरूप स्वामी सदगुरु से मिथेश स्थापना और हमारे मनोमंश पूर्ण करने का यह पहला मंत्र है ग्यारह माला मंत्र जप करने का विधान है मैं आठ बज के सात मिनट हुए ग्यारह माला करने के लिए तीस मिनट का समय देता हूं तीस मिनट में जितना हो जाए नहीं होता है तो उस सभी को कपड़े में बांध के रखो और रात में कर लेना इसके बाद में दूसरा मुहूर्त है गुरु जी के गुरु जी की पूजा करना है आरती और संपन्न करना है 30 मिनट तक ये मंत्र करने को पति-पत्नी दोनों मिलकर भी ग्यारह कर सकते हैं अगर है तो एक बांच एक लोग लेकिन तीस मिनट का समय देता हूँ मंत्र जब आप पूर्ण करेंत्व ओम इस मंत्र का एक उच्चारण कर, करें पहले क्या बाद में कभी भी कर सकते हैं पूर्ण शांति चित्र से और आपकी इच्छा बोल लो खिले शिव तत्वाय निम सं आचार्य ऊपर डालते हैं तुम लोग ने तुम करो या ना करो मैं यहाँ हमारे शिशु स्वामी को हृदय स्वामी के हाथ में भी माला थमा देता हूँ वो लोग तुम्हारे बारे में माना करेंगे तुम तुम्हारा 30 मिनट में जितना कर सकते हो करो